सिंगरौली में क्रिकेट प्रतियोगिता संपन्न हुई ये प्रतियोगिता खेलेगा मध्य प्रदेश के तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के आह्वान पर रखी गई क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे चितरंगी के बर्दी में खेलेगा मध्य प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न हुई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में चित्रंगी युवा मोर्चा पदाधिकारियों द्वारा मैच का आयोजन किया गया क्रिकेट मैच में विजेता टीम को फील्ड पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया कार्यक्रम में अमित सिंह विमलेश धर सतीश द्विवेदी सहित युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं